मनाम में क्या बंदी जिनरास लीजिए रमनाम में क्या बंदी दिनराजा बजा, बजा के ताली बजा से जाने से क्या होगा फायदा I'm a soldier. आप पर गंदा सर पड़े मिलने से जिले आप पर गंदा असर पड़े